सो व्हाट्सएप गाइज वेलकम टू कोरिदास आज के इस वीडियो के अंदर गए लो, हम लोग अपने विंडो के गूगल क्रोम को मैक ओ एक्स के थीम के साथ बदलने वाले हैं हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा यानी कि गूगल क्रोम मैक ओ एस जैसे दिखेगा कि विंडो चेंज होगी सिर्फ गूगल क्रोम तो चलिए देखते हैं ये ऐसा होगा कैसे और आपको नीचे दिखे लिंक पर आना है उसके बाद आप मैक ओ एक्स सिर्फ मैक ओ एक्स की एक सिंपल थीम आपको यहाँ मिलेगी उसे आपको एड टू क्रोम दबा देना है आफ्टर so, पे ऐड होना शुरू हो गया है। अगर आप लोग इस अब बैकग्राउंड आइकन वगैरह ऑप्शन वगैरह अगर मैं इसके आपको दिखाऊंगा ये डबल टू डिफॉल्ट क्रोम ऐसा है और जो हमने चेंज किया वो कुछ इस तरह से दिखता है आप लोग देखो ऊपर ब्लू पे प्लस पर कैसा वगैरह वगैरह है एंड आप लोग बुकमार्किंग टैब्स पे आप, आप, आप लोग नीचे नीचेट्स देख सकते हो तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से आप लोग अपनी गूगल क्रोम की विंडो की थीम को मैक ओएस में कन्वर्ट कर सकते हो सो नेक्स्ट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अकॉर्डिंग टू गेट दिस का इसमें जल्द ही ब्लॉगर पर एक सीरीज लाने वाला हूँ उसी वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको उसके लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे